आप सभी को मेरा अपनाम हर्बल रेमेडीज एंड नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है मित्रों आज मधुर पढ़ी की चर्चा करेंगे मधुर पढ़नी जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है इसके पत्र मीठे होते हैं और ना केवल मीठे होते हैं ये टेबल शुगर से बल्कि टेबल शुगर से 250 से 300 गुना ज़्यादा मीठे होते हैं खास बात यह है कि इनकी कैलोरी वैल्यू नील होती है इनमें कोई कैलोरी नहीं होती है और हमारे नेचुरल ब्लड के अंदर शुगर लेवल को रेज नहीं करते हैं बढ़ाते नहीं हैं इस दृष्टि से देखा जाए तो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए विशेष गुणकारी ये प्लांट है मधुर पढ़नी स्टीबिया रू रिबोडियाना एस्टेरिसिकल का ये प्लांट है मित्रों तो आप इसके महीन छोटे छोटे बीज देख रहे होंगे छोटे छोटे जो बीज हैं ये जो सीड्स हैं इन्हीं के माध्यम से इसका प्रोपिगेशन हो जाता है और ये काफ़ी दूर तक स्प्रेड हो जाते हैं एयर में और कटिंग के माध्यम से भी इसका प्रोपोगेशन किया जाता है साथियों इसके पत्र जो आप देख रहे हैं ये शुगर से 250 से 300 गुना ज़्यादा मीठे होते हैं इतना वेरिएशन क्यों आता होगा साथ ही ये जो इन्फ्लोरेशन जो आप देख रहे हैं अगर हमें इसके पत्र का हारवेस्ट करना है तो हमें इनफ्लोरेशन से पहले यानी कि ये जो फ्लावरिंग आ रही है इस कंडीशन के आने से पहले पत्र को हार्वेस्ट कर लेना चाहिए तो आप देखेंगे किसके पत्र के अंदर मिठास बहुत ज़्यादा होती है और अगर इनफ्लोरेशंस के बाद ये फ्लावरिंग के बाद अगर आप कलेक्ट करते हैं तो पत्र की मिठास कम हो जाती है इसके अंदर स्टीवियोसाइड का कंटेंट कम हो जाता है इसकी जो मिठास के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसके अंदर विभिन्न प्रकार के ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं स्टीवियोसाइड्स और रूबियोसाइड्स इस प्रकार के जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं कई प्रकार के ग्लाइकोसाइड्स इसके अंदर पाए जाते हैं जो इसकी स्वीटनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और ग्लाइकोसाइड्स नेचुरली ब्लड ग्लूकोज लेवल को नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि ग्लाइकोसाइड ग्लूकोज और एक ग्लाइकोन यूनिट का ज्वाइंट कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट होता है तो शुगर हमारी फ्री अवस्था में नहीं होती है बाइंडिंग अवस्था में होती है और इसीलिए ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को नहीं बढ़ाता है और इसीलिए इसकी कैलोरी वैल्यू नहीं होती है इसके अंदर इसके साथ साथ मित्रों ये ओ से निराकरण में इनडायरेक्टली हेल्प करता है क्या होता है ओ के व्यक्ति के अंदर जब इसके अंदर कैलोरी वैल्यू नहीं होती है तो धीरे धीरे वेट लूज करने में विशेष लाभ करता है और ओ को कम करने में भी फायदा पहुँचाता है इसके अंदर मसल को रिलैक्स करने की कैपेसिटी होती है और इसकी जो जड़ होती है जड़ का डिकॉक्शन अगर आप बनाकर सेवन करते हैं तो विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स को दूर करता है लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है इसकी जड़ जड़ से आप डिकॉक्शन बना लेंगे तो वो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को दूर करेगा और लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है इसका पत्र ओबेसिटी और कोलेस्ट्रोल हाइपरटेंशन तीनों को रेगुलेशन में विशेष भूमिका निभाता है पत्र की जो मिठास है वो तो वंडरफुल है ही तीनों को ये कंट्रोल करता है मित्रों इसके पत्र का पेस्ट बनाकर विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आप लगा सकते हैं इसके अंदर केमफिरोल नाम का घटक भी पाया जाता है और ये केमफिरोल एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल के लिए एंटी इन्फ्लामेट्री एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एंटी रिंकल एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है तो आप इसके पत्र का पेस्ट लगाएँगे तो ये वंड हीलिंग करेगा कहीं सूजन हो गई उसको कम करेगा और रिंकल्स की समस्या हो उसको भी दूर करता है तो इसके पत्र मल्टीपर्पज़ एक्टिविटीज़ इसके पत्र की हो गई एक तो नेचुरली डायबिटिक पेशेंट में स्वीटनर का, का काम करता है ब्लड के ग्लूकोज को नहीं बढ़ाता है कैलोरी वैल्यू नहीं होती है वेट लूज करने में सहायक होता है हाइपर टेंशन और विभिन्न प्रकार की एंटी एजिंग एक्टिविटी एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी के लिए आप इसको यूज़ करते हैं इसकी जड़ का उपयोग आप डाइजेस्टिव और लीवर कंप्लेंट्स को दूर करने के लिए करते हैं इस प्रकार से वाइड थ्रापेटिक एप्लीकेशन का ये प्लांट है मल्टीपल टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड इसके अंदर पाए जाते हैं लेकिन ध्यान ये रखना है प्रेग्नेंसी के समय और लैक्टेटिंग मदर्स को इसका सेवन कम अमाउंट में करना चाहिए ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए क्योंकि पूर्णतः इसकी सेफ्टी स्टडीज़ की और इसकी डोज़ की जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में अभी कहना मुश्किल है कितना सेफ़ होंगे तो कम अमाउंट में इसका सेवन करें क्योंकि ग्लाइकोसाइड्स होने के कारण इसकी जो सेफ्टी प्रोफाइल है वो क्योंकि नॉन एलर्जिक तो होता ही है कोई प्रॉब्लम नहीं है एलर्जी कॉज नहीं करता है लेकिन ये लैक्टेटिंग मदर्स के लिए और प्रेगनेंसी के समय कितना सेफ है इसके विषय में कहना मुश्किल होगा हाई अमाउंट में कम अमाउंट में इसका सेवन करें मित्रों इसके अंदर जो पाए जाने वाला ग्लाइकोसाइड होता है वो कोलोन के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उसको ब्रेकडाउन कॉज करते हैं और अगर एक्सेस मात्रा में बहुत ज़्यादा इसको लिया जाए तो जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जब ब्रेकडाउन के बाद फ्री रेडिकल्स के जनरेशन करते हैं और वो फ्री रेडिकल्स बाद में न्यूरोडिजेरेटिव डिसऑर्डर्स कॉज कर सकते हैं इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा मित्रों इसके अंदर मिनरल्स भी पाए जाते हैं और ऐसा देखा जाता है कि इसके पत्र को चबाने के बाद चू करने के बाद स्वीटनेस तो आती है लेकिन बाद में आफ्टर ईटिंग बिटरनेस भी आती है और वो बिटरनेस तब तक बनी रहती है जब तक इसका हम डिसकलरेशन नहीं करते ये जो पत्र ग्रीन कलर के दिख रहे हैं इसको हम मल्टीपल टाइम्स जब इसकी प्रोसेसिंग करते हैं इसका डिसकलरेशन हो जाता है ड्राइंग के बाद और कई ऐसी प्रोसेस होती हैं उसके बाद उसके अंदर जो मिनरल्स के कारण जो बिटरनेस है वो दूर हो जाती है कम मात्रा में जब सेवन करते हैं तो वो बिटरनेस फील नहीं होती है इसी कारण जो मार्केट में प्यूरीफाइड स्टीवियोसाइड और इसकी जो टैबलेट्स आती हैं वो वाइट क्रिस्टलाइन होती हैं और उनमें मिठास होती है क्योंकि वो प्योरीफाइड फॉर्म होती है और ये नेचुरल फॉर्म होती है तो नेचुरल फॉर्म में आफ्टर इफ़ेक्ट बिटरनेस फील होती है मिनरल कंटेंट के कारण ऐसा होता है कोई घबराने की बात नहीं है लेकिन आप कम अमाउंट में इसका डिकॉक्शन बनाकर सेवन करेंगे तो वो बिटरनेस कम फील होगी ज़्यादा फील आपको नहीं होगी आप इसको सन ड्राइंग कर सकते हैं और कोशिश ये कीजिए कि मल्टीपल टाइम्स जब आप इसको डिसकलरेशन की तरफ लेके जाते हैं तो वो बिटरनेस पूर्णतः समाप्त भी हो जाती है उसका एक अलग केमिकल प्रोसेस है क्योंकि ये आज हमारी चर्चा का विषय नहीं है तो ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कमर्शियल कल्टीवेशन इस क्रॉप का सहिस्ता से किया जा सकता है ट्रॉपिकल और सब क्लाइमेट में आसानी से एक प्लांट हो जाता है बहुत ही अच्छा प्लांट है ड्राई पाउडर बना आप इसको घरों में रख सकते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए हाइपर के पेशेंट के लिए और जेनेटिकली जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए तो मैं कहूँगा वरदान है ये प्लांट आप इसको अपने घरों में गमलों में लगा सकते हैं और इसके एक या दो पत्र आप अपने ग्रीन टी में डालिए और नेचुरली आपकी जो ग्रीन टी की जो स्वीटनेस है वो बनी रहेगी और आपके कैलोरी वैली को भी ये नहीं बढ़ाएगा आप अपना आसानी से वेट लूज भी कर सकते हैं जानकारी को शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप सभी का धन्यवाद और आपके कोई सुझाव या सजेशन हो तो आप हमें ई के माध्यम से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं प्रणाम नमस्कार